सो so, हैलो मेरे प्यारे व्यूअर्स कैसे हो भैया आप सभी लोग यार मुझे पता है भैया सभी लोग बहुत ही दुखी होंगे कुछ लोग तो भैया टेंशन में भी होंगे क्योंकि भैया जो हमारा फ्री फायर है अखबार की, की तरह लग रही थी लेकिन भैया आज सुबह जैसे मैंने न्यूज देखी हमारे जाने वाने चैनल जिसका नाम भैया आज तक है उस पर भैया बता दिया गया की फ्री फायर जो है भैया फाइनली बैन हो चुका है आपने नहीं दिखा तो भैया दिखा देता हूँ ये देखिए खतरा पैदा करने वाले चौवन स्मार्टफोन एप्स को बैन कर दिया है बैन किए गए एप्स में मशहूर गेम फ्री फायर भी शामिल हो तो यार जैसे की आप सभी ने सुना भैया चाइनीज ऐप जो है भैया कुछ डिलीट कर दिया गया उसके साथ साथ भी फ्री फायर गरीना भी आपको डिलीट हो चुका है देखा जाए तो हमारा फ्री फायर गरीना सिंगापुर सर्वर का है भैया चाइना से उसका तो कोई रिलेशन नहीं है लेकिन चाइना की भी एक मशहूर कंपनी है टेन सेंड नाम की जिसके पास भैया फ्री फायर की हमारे फ्री फायर की ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट के, के शेयर थे यार इसी वजह से भी हमारे भारत सरकार ने हमारे डाटा को सिक्योर रखने के लिए भी बैन कर दिया है फ्री फायर को देखो भैया अब ऐसी बात तो नहीं है की फ्री फायर वापस नहीं आएगा फ्री फायर वापस जरूर आएगा से पब्जी बैन हुआ था लेकिन वापस आ गया था वैसे भी अब फ्री फायर भी वापस जरूर आए हाँ भाई मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा पंद्रह तीस दिन एक महीना तक लग सकता है भाई देखो ये पंद्रह बीस दिन में लौटने का जो अंदाजा मैं ऐसे लगा रहा हूँ वाला था पंद्रह से इक्कीस फेबर तक ठीक है देखा जाए तो भैया लेकिन अब उसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया इवेंट जो भाई अब तीन मार्च तक रहने वाला है इसका मतलब देखो इसका मतलब गाइज यही हुआ की कुछ दिनों बाद तीन मार्च से पहले पहले शायद आपका फ्री फायर आपको आपके प्ले स्टोर में अवेलेबल मिल जाए देखो भैया उम्मीद तो हम यही करेंगे भैया आज है जल्द से जल्द वापस ज्यादा से ज्यादा भैया क्या करेगा टेंशन नाम की जो कंपनी के शेयर है भैया उसके शेयर उसको वापस दे देगा और दोबारा भैया इंडिया में आ जाए बाकी भी अभी बहुत बंदों की गेम ओपन हो रहे हैं मेरा काम है यार आपको टू नाइट अपडेट बताना तो भैया बता देता हूँ तो भैया कल है सोलह तारीख यानी कि सोलह फेब्रवरी कल है? के दिन भी हमारे इंडियन सर्वर में न्यू वेब इवेंट आने वाले वेब इवेंट का पेज आपको मैं बैनर दिखा देता हूँ वो इसमें एक मेल फॉर फीमेल बंदर देखने को मिलेगा साथ ही साथ आपको एम की न्यू गन्स की मिलेगी तो चलिए आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक का तो मैं बोलूंगा पहले इतना टेंशन है कर नहीं हो तो भैया लाइक कर देना मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टाटा